स्तोरी तिलक नलाड़ि तिले अच्छा उस तिले गोस्त बोलो ना सांगे बर्बर कंगड़गले निड़ुर करे गुंडगलं दरवाजे राधे राधे नमस्ते तम्बलंडे जनता वले गोपस्त्री परिवेशितो विचारी कमंडल में दक्षिणा डालने जो भी हमारे बामन भगवान का तिलक करना चाहे बावन भगवान को दक्षिणा देना चाहे सभी एक एक करके आए और सभी बामन भगवान का तिलक करें उनसे आशीर्वाद प्रदान करें सभी और देखो भैया ये खुले पैसे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे ना खुले पैसे बंदे बंदे लोग शांति से बैठे हुए इस तो आ रख लो तो अब डाल देते और पहले से तो तो तो वालों ने बात नहीं इनकी इसलिए गाय के से vai <laughs> Oh, you need to get a job, sir. देव जगत सभा हे भैया में थोड़ा बहुत से दिया जाता है तो जो भी पूजन करना ये ना कि हमारे पास है, नहीं है ये ये तो सौभाग्य सौभाग्य की बात है, तो आप लोगों एक एक करके बाबर हनुमान बने और बड़े बड़े आनंद में श्रीदान